ये साल बेशक नया है पर दुनिया वही पुरानी है लोग वही पुराने हैं अगर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो ना तो केशव की एक बात याद रखना श्री कृष्ण की एक सीख है कि अगर खुद को बदलना है ना तो परखने के लिए खुद की नज़र ही रखना जो दूसरों की नज़र पे भरोसा किया तो वह हर वक्त खुद को बदलता हुआ पाओगे फिर सन दुनिया में जहाँ ने कहा तुम गुम हो जाओगे हैप्पी न्यू ईयर